तो भी हम यहाँ आए हैं राइस तो ये सनसेट और सनराइज़ पॉइंट है ठीक है तो, है, तो इधर जाएगा तो इधर से अपने को सन रेज होगा वो दिखेगा और इधर से सनसेट होगा वो दिखेगा भी तो पहुँच जाएगा बहुत ज़्यादा ऊपर पिछली बार मैं आया था फटी गई थी मेरी ऊपर ही नहीं चढ़वाया था तो देखेंगे इस बार चढ़ लेगा क्या चढ़ लेगा क्या नहीं मेरे में कट करके वो करना पड़ता है इधर से ऊपर चढ़ेगा

लग हो पूरी तरीके से। अभी कितना डिस्टेंस कवर किया दिखाता क्लियरिटी तो इसकी है भाई कुछ भी बोल इधर तो से चालू किया था इधर ही हुआ तो है अभी तक पूरी तरीके से हालत पतली हो गई है

तरीके कैसे फट गए है अभी और ऊपर जाना है उधर तक पिछली बार मैं दो बार ही आया हूँ इधर पिछली बार आते रास्ते में रुक गया था हालत पूरी बदले हो गया भाई बहुत बहुत दा बहुत टाइम के बाद स्टेप चल रहे ना से

ये इतनी सी जगह है ठीक है इसमें से गिर गए तो ख़त्म मिलोगे भी नहीं तुम लोग आओ तो अपने रिस्क पे आओ ठीक है हम ये जगह को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना ही है हमें पैसे मिल रहा है अभी तक YouTube से ठीक है तो इसी बात पे लाइक दे दो सब्सक्राइब कर दो

से से चले भाई? इसमें गिर के मतलब खत्म। और ये देखो, ऐसा उल्टा सीधा भाई, ऐसा रास्ता है साफ आप निकल सकता है इधर इधर एक दूसरा रास्ता है इधर एक रास्ता है

अपन गेम में ही सही है ब्लॉगिंग वगैरह आपने काम नहीं है भाई घट जाती है भाई तो देखो यार।, यार है कुछ भी बोलो। आधा पुणे इधर से दिख जाता है

थोड़ा बीच बीच में ऐसा गुफा जैसा दिखेगा उसके अंदर पानी का स्टोरेज वगैरह है आगे भी कुछ ऐसा है टॉयलेट जैसा क्या मालूम क्या है बट उधर कपल वगैरह है तो उधर हम अभी फोटो नहीं कर समझ रहे हो गया उधर बीच में रुक गया अभी सारा गया था

से ज्यादा गंदा रास्ता आ रहा है वो मालूम नहीं मेरे को कल मेरे को अच्छी जगह बता कहाँ से मैं चढ़ पाऊ ऐसा ना हो कि मैं उधर बीच में आ जाके जा पैटल नहीं उधर देख तो नहीं यार, तो यार ऐसे डायरेक्ट सीधा। अरे मैं पहन के आया हूँ स्लीपर चल चल चल चल चल, चल, चल.

अरे बहुत सही है टोटली वर्षित था जो भी था ऊपर आने का बट सैंडल पहन के मत आओ सॉरी मैंने जो ये पहना है ना ये पहन के मत आओ स्लीपर पहन के अभी दिया है लाइन दिया है हाँ

अप्रोच कर लेना था हमें एक थी एक नहीं दो थी हम दोनों के लिए अलग अलग ठीक है बट हमने अप्रोच नहीं किया वहाँ हमारी भूल हो गई हमें लगा कि उसके साथ कोई तो वगैरह है अंकल एंटी है ठीक है बट सामने से भी रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिल रहा था हमने सोचा कि कोई रहेगा साथ में बुज़ुर्ग वगैरह इसलिए हमने संस्कार फॉलो करते हुए अपन गए नहीं ठीक है

तो तो फिर छोड़ दिया। तो कितना तो रहा है। है है? मेरा मेरा ना। ना। अरे अरे यार थैंक यू बे। ये देख। तो तो भी अच्छा है ना? रहा, अरे कैसा अबे बक। ठीक आप लोग बताओ मैं दो वीडियो में दो क्लिप साथ ही में डालूंगा किसका अच्छा है बताना आर टू का या सैमसंग का ठीक है ऐसा नहीं सैमसंग

से तो स्टार्ट नहीं किया है मैंने रिकॉर्डिंग करना क्योंकि प्लान नहीं था कि इधर आना है हमारे पास तीन घंटे का टाइम था हम कुछ कर रहे नहीं रहे तो फिर भी टाइम था हमारे पास तो आपने इधर आने का सोचा सोते सोते ठीक है मेरे रूप में दोस्त आया सौरभ ठीक है जिसको आपने लवासा वाली वीडियो में दिखाई देगा आज भी येलो टी सी दिखे उसके पास

तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे ना तो मैं उसको जो यूट्यूब से कमाएगी ना उस टी शर्ट करना बहुत कमी है थे भाई बहुत तो गरीब बात है दो वाले में भी सेम टी शर्ट पहन था आज भी सेफ टी शर्ट है मास्क भी सेम ही पहना था मास्क भी चेंज नहीं किया है भाई ने तो कोई बात नहीं आते अभी ट्रिप के बाद में तो हम सो रहे थे अचानक से आया ओला कॉफ़ी पिला मैं पिलाया कर घुस नहीं रहते आप लोग ठीक है

जब अचानक से प्लान बन गया कि क्या करेंगे चलो कहीं बाहर आ जाए फिर चायेंगी टमरी पे गए उधर कुछ सूझा नहीं क्योंकि वो भी बंद होने वाला था थोड़े लाइन में पाँच मिनट फिर सोचा इधर आ जाएगी इधर आ गए रास्ते में आप सोचोगे भी कितने अच्छे अच्छे रूप से मैंने क्लिप आगे डाल ही दिया रहेगा शायद ठीक है फिर इधर आए यार मस्त से गाय यार सही थे इधर से अभी लोना है

चालीस किलो एक चालीस किलो ज़्यादा दूर बट भाई जरूर

आपको रिकॉर्डिंग करके दिलाने से सनसेट का सकता मिलेगा आपको मत करो, आप इधर आना चाहते हो देखो पीछे हो, हो ये ये आ रहा है फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है ना। एक एक है फोकस नहीं भाई एकदम लिन आदमी है अरे जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है

वही जो भी है तो आप सर्च करोगे वाला है नीरावाड़ी जी और आडावाड़ी ठीक है तो अच्छी जगह है बट एक घंटा चढ़ने के लिए लगेगा ही लगेगा मैं जैसे लगा अगर फिटनेस किटे है तो आधा घंटा और मेरे से भी लेंड हुआ तो कुछ नहीं कैसे मैं तो पिछली बार आधे रास्ते में

जगह सही टोटली बहुत ज्यादा घटिया हो गया हम एक घंटे से ऐसे रखा है

ठीक है हमने सोचा कुछ अच्छा खासा करेंगे पर इतना सेकंड में ही चला गया गया ना भाई मतलब वापस मुझे मेरा चेहरा दिखाना पड़ एक घंटा हाँ, का सिर्फ दस सेकंड दस या उनचालीस सेकंड के आसपास बनाया भाई टोटली आस पास बना है करें बट अच्छा खासा है

चलो अभी बंद करते हैं ठीक है लाइव लाइव भी होगा और वीडियो भी आएगा जो भी आएगा ठीक है तो, तो बने रहे हो मेक श्योर कैसे सब्सक्राइब एंड लाइक इंसाइट थोड़ा इधर देख रहा था सर के साथ ठीक है पूरा चला गया